मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में की जाएगी उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को मध्य प्रदेश में पूरा करने जा रहा हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में की जाएगी मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोलह तारीख को भोपाल आ रहे हैं शाह किताबों का विमोचन करेंगे उन्होंने कहा पीएम मोदी के संकल्प को हम पूरा करने जा रहे हैं मुझे मुझे बताते हुए प्रसन्नता है मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां मेडिकल की पढ़ाई भी अब हिंदी में की जाएगी हिंदी में भी की जाएगी हमारे प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प एक विजन की मातृभाषा में शिक्षा देने से ही बच्चे की बच्चों के नैसर्गिक प्रतिभा का प्रकटीकरण होता है अंग्रेजी का भाषा के रूप में मैं विरोधी नहीं हूं लेकिन अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं चल सकता यह बेकार की बात है दुनिया का हर देश अपनी अपनी भाषा में शिक्षा देता है तो प्रधानमंत्री जी को इस संकल्प को मध्य प्रदेश पूरा करने जा रहा है भोपाल से और भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी 16 तारीख को भोपाल पधार रहे हिंदी की किताबों का विमोचन भी होगा और उसके साथ साथ ये हमारा संकल्प का प्रकटीकरण और पूर्णता की तरफ हम बढ़ेंगे कि हम हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा कि राहुल गांधी अपनी यात्रा में व्यस्त हैं तो उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए था सो इन्हें बना दिया मल्लिकार्जुन ने सच्चाई को स्वीकार कर लिया है वो एक बल का बकरा है 2023 और 24 में इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर को तेजी से सुधारने का अभियान जारी है। और मुझे बताते हुए गर्व है कि हम पहले कभी सत्रवे नंबर पर हुआ करते थे पांचवे नंबर पर हम पहुंच गए और मॉडल स्कूल टॉप टेन में सम्मिलित हुआ है सीएम राज इसके बाद पीएम सी स्कूल भी खोलेंगे तो लगातार हमारा प्रयत्न ये है कि शिक्षा की गुणवत्ता को हम ठीक करते चले जाएं और उसी का एक उदाहरण है मॉडल स्कूल